तो आज की हमारी इस क्लास में हम कमलदीप जी के साथ ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और कमलदीप जी के साथ हम वी वी एम के प्लानिंग में डिस्कस कर रहे हैं तो कमलदीप जी आज का जो टॉपिक है वो डेटा सेंडिंग मेथड टॉपिक है मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है राइट अब मैं इस फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा पूजा सिटी दिया हमने यहाँ पर मान लीजिए दैली और यहाँ पर हमने अमाउंट दे दिया फाइव और यहाँ एक बटन होगा उस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे एक बटन भी बना देते हैं चलिए एक सेप लेके हम यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं अब बटन पे जो टाइप होगा यहाँ पे सेव राइट और सेव को मिडन में कर देता हूँ और थोड़ा तो सा बना देता अब मैं जब सेव पे क्लिक करूंगा तो डेटा ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है इस डेटाशीट पे आ जाए एक सबसे पहले तो आईडी जनरेट करे किस दिन को बेस्ड हो रहा है इस टाइम को पेस्ट हो रहा है फिर नाम क्या है फिर सिटी कौन सा है और यहाँ अमाउंट हमारा 500 टाइप हो गया, और ये जो है पूरा क्लीन हो जाएगा नई एंट्री करिए फिर मैं दोबारा एंट्री करूंगा दोबारा कर दूंगा फिर सेट पे क्लिक करूंगा तो फिर अगली इंफॉर्मेशन इधर नीचे में आ जाएगा सेम प्रोसीजर से ठीक है समझे हाँ जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास एक रजिस्टर है और उसकी डेटा एंट्री आप करवाना चाहते हैं। तो डेटा में आप आप और भी बहुत बहुत सारी सारे वैलिडेशंस वगैरह चाहते हैं। तो तो एक आप ऐसे ही देंगे पे करने के लिए तो प्रॉब्लम क्या होगा पहले से किसी गलत भी कर सकता है तो मैं चाहता हूं कि एक बार में एक ही इंट्री हो एक बार में एक ही इंट्री हो और स्टेप बाय स्टेप इंट्री हो ठीक है ठीक है ओके। तो इसके लिए हम चलिए है, बनाते हैं तो हम डेवलपर में जाते हैं विजुअल बेसिक ओपन करते हैं और हम यहां पे डबल विंडो ले, ले लेते हैं ताकि हम साथ इसकी ये करते रहे ये आपका बुक थ्री है थी दिया, थी दिया। और हम ग्रुप 3 पे ही काम कर रहे हैं सही है नहीं दे देना जरूरी होता है तो चलिए किसी और पे कोड कर दिया और इफेक्ट किसी बोर्ड में डाल अच्छा ये जिसको हम सेव बाद में करेंगे लिखने के बाद सेव अभी, अभी, अभी, अभी, अभी, अभी, अभी भी अभी भी सेव अभी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है दिस इज सेव मेरे डिलीट हो जाते हैं मेरे बाद तो आप पहले सेव कर लीजिए ना ओके फाइल में गया मैं सेव कर सेव यस ब्राउज हमने हाँ पे फॉर्म के नाम से लिया एक्सेल एक्सेल वर्कबुक को को चेंज किया का वर्क लोकेशन और सेव कर दिया लेकिन मतलग, लेकिन मतलब ये ये ये जब भी ये मैक्रो चलाना होगा तो शीट चाहिए जी जी ठीक है ऐसा ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मैक्रो बना के रख दिया है यूनिवर्सल तो नहीं है ना ये तो इसके लिए फॉर्म और डेटा शीट पे ही वर्क करेगा हां हां हाँ, तो माइक्रो दो तरह तो के होते हैं एक होता है कि कोई पर्टिकुलर फाइल के लिए बना है पर्टिकुलर डेटा के लिए बना है तो उसी फाइल उसी डेटा पे चलेगा दूसरा होता है यूनिवर्सल ये किसी भी तरह की प्रोजेक्ट पे आप इसको यूज कर सकते हो जैसे कि एक सर्वे कमांड जैसे और जैसे कॉपी पेस्ट हुआ आपका कलीसियल फॉर्मेटिंग जैसे हुआ चार्ट्स लगाना होगा ऐसे यूनिवर्सल है ना इसलिए कहीं भी रन तो तो है। है। तो क्या करना है जाना है डेटा सीट के यहाँ पे तो मुझे एक के नीचे एक इंच जाना है ना तो हमने यहाँ पे पैंसठ हजार हमने क्यों किया रेंज वैल्यू हम्म ये पैंसठ हजार क्यों किया क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है ब्लैंक वगैरह हो सबसे लास्ट में पहुंचना है तो मैंने यहां पे पैंसठ हजार गए और कंट्रोल के साथ एरो यूज़ किया और ऊपर आ गया, आ गया। हम ऑफसेट ने क्या किया एक रो नीचे ला हाँ जी, हाँ जी, दिया हम ब्लैंक दिया। सेल पे आ नीचे आ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पे हमें डालना है आईडी डी हाँ। तो हमें आईडी कैलकुलेट करना होगा हाँ। तो अगर नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे हम मैक्स का फॉर्मल लगाएंगे और मैक्सिम नंबर में इसमें क्या कर देंगे प्लस वन क्या mm -hmm. तो यहाँ भी हम सेम करते हैं एक आईडी नाम का वेरेबल देते हैं देते हैं अप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स ठीक है और यहाँ हम देते हैं शीट्स शीट्स में डेटा और डेटा के अंदर रेंज से ठीक है। आईडी अच्छा। इक्वल जो लिखी हमने जो एक को करते हैं। तो दूसरा, अच्छा। हमें लाइब्रेरी से कॉल करना होता है जैसे की लेन का फॉर्मूला है लेन का फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है बट आप VV में उसको डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं ले सकते हैं एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मतलब इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है okay. लेकिन क्या है कि हम मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हमें लगाना है तो इसके लाइब्रेरी से कॉल करना होगा तो हमने बोला कि एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन मतलब कि रिव्य का फंक्शन नहीं वर्कशीट hmm. का फंक्शन सीट का एक्सल का फॉर्मूला कौन सा hmm. तो और फिर उसके जो इनपुट्स है हमने दे दिए अब ऐसा इनपुट ऐसा नहीं किस दीजिए कि में, में, right? तो डी निकला तो हमने बोला कि जो A1 है मतलब कॉलम A की जो वैल्यू है वो ID डी प्लस वन होनी चाहिए ID डी प्लस वन होनी चाहिए ठीक है अब मुझे इसमें डेट चाहिए सही है, सही है, सही है। लेकिन ये हर बार मतलब आईडी बारेगा तो बार आई आई बार उसमें प्लस देगा। तो अभी टू आ गया अब यहाँ टू डाल देगा तो अगले बार थ्री आएगा ना या थ्री डाल देगा तो फोर आएगा या फाइव डाल देगा तो फाइव सिक्स आएगा मतलब ये हर हर बार बार अपने सामने वाले लगा के अंदर एक कितना आया हाँ, कॉलम ए में लगाएगा और उसकी मैक्सिमम डेट तो डाल देगा यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि आ, वन कर देंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर गया नीचे आया यहां पे इसने टू डाल दिया राइट अब अगला बार मुझे डेट वाले कॉलम में जाना है तो यहां जाके फिर नीचे नहीं आना है मुझे आगे जाना है राइट तो ये जीरो दिया हुआ है इसको हम वन कर देंगे और वन को जीरो कर देंगे ठीक है और सेम इसी को कॉपी करते आगे जाते हैं इस वन को कर देंगे टू टू और टाइम या टाइम डाल देंगे तो टाइम आ जाएगा ठीक है ठीक है तो यहां पर आ गया डेट टाइम और तीसरे नंबर पर नेम है इसी को हम यहाँ कॉपी करेंगे कॉपी की और टाइम जो है हमारा इसके जगह पे हम लिखेंगे रेंज। रेंज डॉट या फिर। आ, एक न, वो बताता हूँ आपको फॉर्म में कौन सा है बी थ्री बी थ्री बी थ्री डॉट अब यहाँ पे कंफ्यूजन है अब बी थ्री किसका दोनों तो सेम ही है हाँ। तो मुझे इसके आगे सीट का रेफरेंस लगाना होगा ठीक है okay. तो सीट में और यहां पे सीट का तो आप लगा भी सकते हैं यहाँ पे आप फॉर्म दीजिए जरूरी नहीं है क्या बोलिए आप जो लगा रहे हो रेफरेंस लेकिन ये तो डेटा में जाएगा टाइप करना हमें वैल्यू वैल्यू तो value थो, value थो हाँ। है, B, तो हमने तो बी तो well. फॉर्म दे सकते है और नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा क्यों क्योंकि तो इस माइक्रो को रन करने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक कर अच्छा, वो एक्ट, थीक है, थीक है, वो ठीक ठीक है है एक्टिव अब हाँ, उसका लेगा। हाँ, हाँ, हाँ, आप हाँ, यहाँ टू के जगह पे थ्री हो जाएगा और हम इसको लेते हैं ये थ्री के जगह पे हमारा फोर ये हमारा हो जाएगा फाइव फाइव और सीट थ्री के जगह पे हो जाएगा बी सेवन बी सेवन बी ठीक है अब इसमें आगे बढ़ते मुझे कंफर्मे, मुझे कंफर्मेशन देनी है तो एम एस सी बॉक्स यहाँ डालेंगे कि प्लीज एंटर चलिए चलिए डेटा से ठीक है अब इसको खाली भी तो करना है हमें हाँ, तो यहाँ पे range और यहाँ पे बी थ्री कॉमा अब ये होगा तो ऐसा नहीं होगा यार भी यारेगा आपको क्लियर कंटेंट अगर ये मर्ज होता है ना कई सारे सेल्सर से इस तरह से। हाँ, तो फिर आपको वन बाय वन करना पड़ेगा ठीक है, तो हो गया अब चलिए इसकी एक टेस्ट करते हैं हमने पे पूजा डाला, यहाँ पे और यहाँ पे और अमाउंट पहले बार एक बार डेटा देख लेते हैं लगाया ना ऐसा तो। तो लगा कुछ पढ़ने के लिए बोला है आपको जो भी सब कोर्ट में बताना पड़ेगा ना आपको ऐसा कुछ तो बताया नहीं है ते जो भी होगा वो डाल देगा सर। अभी देखिए क्लिक करने पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने असाइन नहीं किया आ, तो राइट क्लिक, क्लिक, क्लिक मैसेज दिया डेटा क्लीन आ, हो गया और डेटा में देखिए आ गया ठीक है और दूसरे इंट्री कर लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहन सिटी में देता हूं मैं नोएडा अमाउंट देता हूँ फिफ्टीन हंड्रेड ठीक है इस पे क्लिक किया okay. अब इसमें मुझे क्या करना है सर कि मैं चाहता हूँ कि मैं यार पूजा लिखा पूजा लिखने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर यहाँ नहीं डाले कि मूव होना चाहिए तो क्या करें इसके लिए हम कंट्रोल दबाते हुए इन तीनों को सेलेक्ट फिर क्लिक करके हम जाएंगे सेल में और यहां होगा हमारा इसमें हम अनलॉक कर देते हैं ठीक है अनलॉक करने से क्या होगा कि मैं सीट का पासवर्ड डालूंगा तो पासवर्ड डालने के बाद इसमें, इसमें पासवर्ड डालते समय हम क्या करेंगे यहाँ पे कर देंगे अनलॉक uh, को अनचेक कर देंगे मतलब जो अनलॉकड सेल है उसको चेक नहीं करना है मतलब जो ग्रीन कलर के अलावा जहां से हमने प्रोटेक्शन में लॉक हटाया है वो सारा सेल अनलॉक हटाया है वो अनलॉक हो गया और जो ना हटा है वो लॉक्ड है लेकिन बाद में भी बटन पर क्लिक नहीं होगा तो नीचे आपको हाँ एक और देना होगा एडिट ऑब्जेक्ट ठीक है एंड देखिए अब कहीं क्लिक नहीं हो रहा अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ ये, ये, ये ये बाकी सभी लॉक हो जी हुँ, जी करके तीनों को सिलेक्ट करना ठीक है राइट क्लिक सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पे समझ आ रहा है? हाँ जी अब आपको क्या करना है आपको एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है ठीक है अब फॉर्म बनाने की ना मिले तो गूगल व्यवस्था से पूछ लीजिए कैसे पूछिएगा बताते हैं आपको वो तो एक अभी समझाते कैसे पूछेंगे हम यहाँ पे फॉर्म टाइप करके एक्टर मारेंगे और इसके चल जाएंगे ईमेज बहुत सारे फॉर्म है अभी फॉर्म देखिए कौन सा फॉर्म आप बना सकते हैं एक एक्ट्रेक्टिव फॉर्म बनाइएगा ध्यान कि ऐसे मैंने सिंपल बना दिया आपका मैंने hmm. सिंपल से मत बनाइएगा बनाइएगा एक प्रोफेशनल टाइप का फॉर्म जो बना सके hmm. फिर उसकी डेटा एक अलग सीट पे आप ट्रांसफर करवाइएगा जैसे कि मैंने अभी ट्रांसफर करवाया ठीक है, hmm. है? Hmm. जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको hmm. क्या करना है कि फॉर्म को एक अलग फाइल पर डेटा को एक अलग फाइल रहता है।, मतलब है कि है है दोनों दोनों एक ही फाइल में ना अब दोनों अलग ओपन कर है। है. तो करूँ फॉर्म को डेटाशीट सबमिट करूँ तो डी ड्राइव में जो तो डेटा की फाइल है उसके अंदर जाके सेव हो जाए समझे ठीक है ये आपको प्रोजेक्ट करना है ये प्रोजेक्ट मैंने मैंने अपने ऑफिस लाइफ में इस प्रोजेक्ट की मदद मतलब से बहुत बड़ा काम हुआ साल किया था सर अच्छा। क्या होता था कि मुझे एक प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आती थी अपनी टीम से प्रत्येक अच्छा। में 30 या 35 लोग मुझे 30 35 मेल करते हां अब 30 35 मेल मुझे डेलीवेट करना होता था अगर 30 35 मेल मुझे आए फिर उनका डाटा इकट्ठा करता था, था और फिर तो एक एक के नीचे एक से कॉपी पेस्ट मारता था ओके हर दिन का ताकि वो मंथली मंथली हम लोगों का रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह वीकली तो तो मैंने बोला कि ये अब जो प्रॉब्लम मंथन होती जब तक तक सब लोग लोग मुझे डेटा डेटा मेल ना करे तब तो मैं था। हाँ। अब वालों की होती थी वो मेरी थे हाँ। वो मैंने मैंने बोला कि कि तो तो करना पड़ेगा तो क्या किया एक एक टीम ड्राइव सब ड्राइव सबका एक्सेस था तो कॉमन उसमें बोलते थे उसमें मैंने एक अपनी डेटा फाइल को डाल दिया फॉर्म में फॉर्म में, जो जो में, जो जो में, में डाल दिया और फॉर्म मैंने सताइसों लोगों को भेज दिया था और हमने बोला कि आप लोगों लोगों को को फॉर्म फॉर्म फिल फिल कर देना। फिल कर देना देना आप तो लोग जैसे फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देते थे वो वन ड्राइव उस फाइल में जाके जो जो मेरा ड्राइव था उस ड्राइव की फाइल में जाके मेरा वो फाइल डेटा तो पुर्म पुर्म को अपडेट कर देता एक नीचे एक नीचे एक नीचे तो कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट करने का था था? मेल का झंझट झंझट मेल करना करना प्रॉब्लम सारे लेके है तो फाइल में मैंने एक लगा दिया सिक्योरिटी कि भाई बजे के बाद मेरा फाइल ओपन ही नहीं होगा अच्छा शाम के छह बजे आपको जब भी डालना है शाम को छ बजे से पहले डालना यहाँ यहाँ पे पे, पे पे हमने हमने इवेंट मैंने कि पे पे पे ओपन ओपन कोड कर दिया कि अगर सिस्टम का टाइम टाइम बजे से ऊपर तो तो आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी बोलेगी एक्सपायर प्लीज ओके क्या होता था हम बॉस के अब मेरी छुट्टी शाम को छानी है 100%. छह बजे तक okay. किसी ने नहीं डाला तो मुझे मेल करता था अब मेल करता था तो मैं डेटा अपडेट करने के लिए बोलता मैं दो। मैं डेटा ना नहीं तो कुछ हफ्ते तो हुआ बट फिर नई चीज को मेरी काम जो है शाम के जो दो घंटे काम का वो काम का था मैं आराम से पाँच साढ़े पाँच बजे कैब से निकल जाता और दूसरी चीज़ कभी-कभी क्या होता है रिपोर्ट रिपोर्ट में हमसे गलती हो जाता था। मैं किसी का भेजा तो कि ही, ही नहीं तुम्हें तो उसके मुझे मेल और सबका प्रूफ दिखाना पड़ता था यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोल सकते ना क्योंकि उन्होंने खुद टाइप किया है सही क्या? गया। तो सारी चीज़ इसी मेथड्स में जो मेथड मैंने आपको बताया, ये उसका बेसिक है, इसमें और ज्यादा एडवांस जैसे आपने बोला ना कि ब्लैंक होता तो कोई ब्लैंक कोई हो आईडी ना हो नेम ना हो तो न डालें, एक कंडीशन हम आगे चल इसमें लगाएंगे ठीक है